हे गाइज वेलकम बैक आ न्यू बलॉग सो गाइज एक कि देर बाद इस चैनल बहुत देर बाद व्लॉग आ रहा है सो so, अज्जा ब्लॉग घर से नहीं है तो शुक्र करो सही सॉरी सॉरी थीन कट करो सो सीन कट करो सो गईज़ वेलकम बैक आर न्यू ब्लॉग सो गाइज़ ए बहुत देर बाद ही जाके वाला बलॉग अपलोड होने लगा है ये साढ़े नीरे बलॉगर चैनल से एंड साडा सैकेंड चैनल भी है वो मैं है ही उन्होंने रिवील जब जो मैं जरूर है सबसक्राइबर टारगेट जो कंप्लीट हो जाएगा उदो मैं कराँगा सो चलो अब आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो बहर चलते हैं कल ठीक है ओके चलो सो गई सब तो आप अपने जे कपड़े है उसमें चेंज करा पजामा पावे इस टाइम आपकर पाइए पजामा पावगे फिर जल्दी आराम न ठीक है चलो Whisper, good morning. So gently in my ear. I'm coming by to you, baby.